राम राम साहब और कैसे हो आप लोग मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को आप लोगों के लिए मूँ धूप दानी आई छूँ नए नए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट है धूपधानी की इतनी अच्छी है आप नए नए क्वालिटी में लाए चूँ और आप ना अच्छा तो तुम्हारा चैनल ना लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए भाई बहना आप लोगों के ऐसे ही नए नये प्रोडक्ट लाती रहूँ इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियो को पूरा देखना अच्छी लगे अच्छा सा कमेंट जरूर करना